अब तक में मैं यवाला हूं, ब्लैक की क्या करता है आपका किंज? आज उन्हें हमारी एकता की ताकत दिखानी है तो उसे कंट्रोल कर लेगी एक काला किंच है ऐसा हथियार जो यवाला को खत्म कर सके कहाँ है वो मेरे पिताजी के पास किंच आत्मघाती हमले में यवाला को मारना यही प्लान है वैसा ही कुछ ये सभी लोग तुम्हें अपना लीडर मान रहे हैं देवता आजाद हो गए आप सबके लिए वो क्वीन रोजमंड थी मगर मेरे लिए ऐसा नहीं था मेरे लिए वो थी गोन जिसने हम सबके लिए अपनी जान दे दी थी। और बदले में कुछ नहीं मांगा मैंने इतनी बेहतरीन ऑक्टर प्लेयर कभी नहीं देखी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो और हम सबको और हम रोजमन सिर्फ हमारी क्वीन नहीं थी उसने हर एक चीज का बलिदान दिया राज्य को अत्याचार से बचाने के लिए यहां तक कि अपनी जान भी दे दी रोजमन के बाद पीड़ितों की रक्षा कौन करेगा उनके दुख दर्द कौन दूर करेगा कौन इस राज्य के हर विषय को सम्मान के साथ न्याय देने की कोशिश करेगा कौन है जो इंसान और ब्लैक ब्लड्स के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा और शांति और समृद्धि के साथ नए युग की शुरुआत करेगा मैं क्वीन नहीं हूँ मैं इनकी लीडर नहीं बन सकती उन्होंने तुम्हें चुना है टालन अपनी क्वीन के बाद उन्हें एक लीडर की जरूरत है। मैं नहीं मुझे भी वो बहुत पसंद थी और इसीलिए हम दोनों को उसका काम पूरा करना होगा यही तो मैं कहना चाहती हूँ देखो मुझे नहीं पता वो हमसे क्या चाहती थी न मैं उसकी जैसी पढ़ी लिखी हूँ न उसके जैसी दयालु न ही मुझे पैसों के बारे में कुछ पता है और ना ही कानून के बारे में जाओगी तुम वो सीख लोगी तुम्हारे सलाहकार होंगे और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा इन लोगों को एक लीडर चाहिए टालन कुछ भी हो उन्हें लीडर के तौर पर तुम्हें देखना है उनका चुनाव गलत है टालन विश्वास नहीं होता रेलमिन की फलिस्टा तुम कौन हो जो तुम्हारी मदद कर सकती है मैं ही हूं जिसने तुम्हारे पति को जिंदा किया था पिछली बार बाहर जाओ तो क्या आप इसे फिर से जिंदा कर सकती हैं बिल्कुल लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे सब देने को तैयार हूं। उसके लिए बीस जिंदगियों की कुर्बानी देनी होगी जिंदगी लॉर्ड टोबिन को गुजरे काफी वक्त हो गया है इसलिए बड़े बलिदान की जरूरत है बीस लोग तो होंगे ही जो टोबिन के लिए अपनी जान दे देंगे मगर दूसरा कोई तो रास्ता होगा। तो देनी ही पड़ती है समझ रही हो ना होता तो ऐसी बात के लिए कभी राजी नहीं होता हाँ शायद लेकिन अभी वो फैसला लेने के काबिल नहीं है तो यकीनन ये फैसला तुम्हारा होगा नहीं ले सकती मैं ये फैसला नहीं ले सकती तुम भी वो बात नहीं जो हम में से एक होने के लिए जरूरी है आप में से एक तुम्हारे पास लाल किंज है लेकिन अब तक तुम्हें इसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है टैलिंग का है उसे अकेले नहीं होना चाहिए ये उसे समझाने की कोशिश करो लीडर बनने के लिए टैलेंट पर जोर मत डालो वो नहीं चाहती तो जाने दो देखिए सिर्फ आप ही नहीं है जिन्होंने किसी अपने को खोया है फेलेस्टा सही कहा हम अच्छे से जानते हैं टोबिन के बारे में सबको बुरा लग रहा है अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अब तक उसके अंतिम संस्कार की तैयारी क्यों नहीं हुई उसका अंतिम संस्कार जल्दी हो जाएगा एग्सपोर्ट के रीति रिवाज के मुताबिक हम उसी वक्त बैन के स्मारक की तैयारी नहीं कर सकते और रही टैलेंट की बात तो उसका ताज को मना करना सही है देखो किसी को तो सत्ता संभालनी होगी नहीं तो इंसान और ब्लैक ब्लड सत्ता के लिए लड़ते हुए अराजकता पैदा करेंगे और इस बात का हमें काफी अच्छा अनुभव है हो सकता है मगर ताज को पहनने के लिए शाही खून होना जरूरी है और जो एक आखिरी वारस था वो नहीं रहा सच कहूँ तो ऐसा नहीं है शाही खून मुझमें भी है मेरा मुकाबला शायद रोजमंड से ना हो पाए मगर मेरी रगों में शाही खून दौड़ता है और अब जब हमने रोजमंड को खो दिया है उसके आत्मा को शांति मिले और ताज की अगली वारिस मैं होती बारिश तुम्हारे दावे की जांच करने के लिए मुझे पुराने दस्तावेज देखने होंगे जानते हो मुझे ये सब टोबिंग के बिना नहीं करना था मगर अच्छे से जाँच करना समझ गए और तुमने कहा था न किसी को तो करना होगा तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी और हाँ टैलेंट से कहना कि मैंने याद किया था और ये भी कहना कि उसकी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी हुँ? इस पर काम शुरू कर देता हूँ ऐसे ही अंदर आना था तो दरवाजा खटखटाया क्यों तुम ठीक तो हो ठीक हो कुछ जरूरी काम था यह कहना था कि फेलिस्ता ने ताज के लिए दावा किया है अच्छा जांच कर रहा है अगर ये सच निकला तो फिर वो कानून दावेदार होगी फिर तुम्हें नई कुंग मिल जाएगी वैसे मुझे नहीं लगता वो एक अच्छी क्वीन होगी और मुझे ये भी नहीं पता कि वो चाहती क्या है लेकिन अगर उसका दावा सही निकला तो वो ताज उसी का होगा और मैं तो कहूंगा कि उससे पहले तुम दावा कर लो लोगों को अपनी फेलिस्ता मुझसे कहीं बेहतर क्वीन बनेगी मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी इसीलिए बेहतर होगा कि तुम फेलिस्टा की मदद करो सुन सकता हूँ सिर्फ हम दोनों ही वापस आए हैं फिलहाल लेकिन डरना मत मेरे दोस्त हम सबको ढूंढ लेंगे और फिर से एक होंगे मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है अच्छा है क्योंकि मुझे जरूरी बात करनी है ओह, बातचीत करने का सबसे खराब तरीका है, और कैसे रहेगा अगर मैं कहूँ के मरने के बाद तुम हमारी नई बनोगी? वाओ, ये तो बुरी खबर है नहीं मैं नहीं हूँ ब्लैक को एक समझदार लीडर चाहिए भरोसेमंद जो उन्हें गाइड कर सके तो तुम बन जाओ <laughs> मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ अध्यात्मिक सलाह नहीं दे सकता सपनों की व्याख्या नहीं कर सकता जैसे तुम्हारी माँ करती थी हमें नए प्रेस्टिस्ट की जरूरत है मुझे ये सब समझ नहीं आता ये धर्म रस्मों के, मेरे समझ के बाहर है मैं वैज्ञानिक हूं तो पिछले प्रेस्टिस की बेटी हो ये तुम्हारे खून में है सब पहले से ही तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते है उन्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला माफ करना रेन तुम्हे पसंद हो या ना हो लेकिन ये होने वाला है तुम्हारे पास चारा नहीं है ये तुम्हारे खून में है कुछ पुराने दस्तावेज मिले हैं क्या चल रहा है टैली चमक भूल गया कि उसके पास है। उसे लगा वो झांसा दे रहा है जो जाहिर था और मैं दावा हार गई क्यूँकी चमक तुम बहुत दिनों बाद खेल रही हो तो लगाओ शर्त मैं दिखाती हूँ एक दो चलो मैं इस खेल को और भी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ पिछली बार गेम इंटरेस्टिंग बनाया था तब तुम्हें मन के जूते चाटने पड़े थे हाँ हाँ सही कहा तुमने चाटे थे सच है हा हा याद है तो बताओ इस बार कितना इंटरेस्टिंग बनाना है अगर मैं जीत गया तो बाकी सारे ब्लैक ब्लड्स को तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा नहीं चालन। और मैं जीती तो? अगर तुम जीतती हो तो कुछ भी मांग सकती हो मुझसे अब भी या भविष्य में लगता है तुम इस बार पछताना चाहते हो चालन मत करो डबल ऑक्टर मगर को वापस लाने का वक्त आ गया है। hmm. उन्हें कब लाना है ये मेरी मर्जी होगी कोशिश करने में क्या हर्ज है तो अब ये सवाल है कि मैं तुमसे क्या मांगू लेकिन अभी मांगने जैसा कुछ नहीं है बाद में सोचकर मांगूंगी ब्लैक ब्लड्स को यहाँ लाने के बारे में ऐसी सौदेबाजी करना ठीक नहीं है मैं जीत गई हूँ इंसान और उनके शाही खानदान मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी तरह आप ब्लैक ब्लड्स में भी सत्ता के लिए खून के रिश्तों को बढ़ावा देते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कहा हमारे यहाँ तो पागलपन दुगना होता है तुम्हारे रग में किसका कौन दौड़ता है उससे क्या फर्क पड़ता है सच में तुम किसी लीडर के रिश्तेदार हो तो क्या हुआ उस एक वजह से वो लीडर बनने के लायक कैसे बनती है हम फलिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं निलकुल हाँ, हाँ तो फिर उत्तर अधिकारी के रिवाज से चीजें आसान होती हैं सब जानते हैं की दावेदार कौन है दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को चीजें देते ही है मुझोर मंड को नाइटशेड विरासत में मिला था हाँ, हाँ जरूर तुम्हारी ने तुम्हें जो दिया वो उसका था लेकिन ऐसे कोई भी सभ्यता या सत्ता का वारिस नहीं बन सकता हाँ, बिल्कुल सही बात कही और इसलिए इसका पता लगाना जरूरी है अगर हम ये साबित करें कि फलिस्टा का दावा झूठा है कि कोई जिंदा नहीं है तो शायद हम शायद हम सरकार के लिए एक नया सिस्टम बना सके जिसका कोई सही मतलब हो <laughs> फिर हम इस परम्परा को तोड़ सकते हैं फिर लीडर चुनने के लिए उन्हें दूसरा तरीका निकालना होगा फिर से हम फलिस्टा की ही बात कर रहे हैं ना रन रन देखो फलिस्टा के पिता के अंकल के चचेरे भाई फलिस्टा के पिता के अंकल के चचेरे भाई इसका मतलब ये फलिस्टा के दादा के चचेरे भाई नहीं हुए डिपेंड्स अंकल उसके पिता के पिता का भाई है या उसके पिता की माता का भाई है ना न किसने सोचा था की वंश भी विज्ञान की तरह दिमाग खराब कर देगी सही कहा ना मैंने रैन रैन हाँ? तुम्हारे कान नकीले है आ, हाँ मेरे कान नले हैं। क्या बात है तुमने गौर किया हाँ। करना लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ कौन कोने सफेद हैं, जो आम तौर पर गहरे होते हैं क्या कुछ गलत कहा आ, नहीं कुछ नहीं तुम का वो जो कोई चचेरा भाई वगैरह है उसकी जांच करो ये क्या? ओह, ऐसा लगता है कि वो उसके पिता के पिता का भाई होगा क्योंकि उसके पिता की माँ इकलौती थी रैन डार्लिंग क्या हुआ तुम ठीक तो हो हा? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ सॉरी हाँ तो फिलिस्टा के पिता का चचेरा भाई उसके दादा का चचेरा भाई है सही कहा बिल्कुल तुमने काफी आसान बना दिया क्या सच में हाँ हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हो रही है अरे वो ठीक है जानसो ठीक है एकदम नॉर्मल है छोड़ो अब मैं जरा घूम कर आती हूँ ये क्या हो क्या मैं किसी की प्रिस्टेस नहीं हूँ हो तुम सरार रुको तो अब तुम्हें मारकर ही रुकूंगी तुम्हें ग्रेंचुरियन किसने सिखाया मुझे और भी बहुत कुछ आता है ये साभा कहां गया जितना सुना था उतनी अच्छी याद नहीं नही तुमने मुझे गलत वक्त पकड़ लिया कल वापस आना जब मैं होश में रहूंगी मुझे बिकला सजा मिलेगी मैंने तुम्हें बताया था वो सोचते हैं कि तुम प्रिस्टिस हो वो, तुम प्रेगनेंट हो सारी दुनिया को चिल्लाकर बताना है क्या नहीं, इंसानों के लिए ऐसा। नहीं इंसान नहीं समझते उन्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता जैंजो को कुछ नहीं समझ आता मतलब जैजो बा लगा नहीं था चैनजो ये कारनामा करेगा छुप रहा इसका मतलब ह्यूमंस और ब्लैक लगता तो यही है और ये तुम चैनजो को नहीं बताओ नहीं अभी नहीं तो फिर कब जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगी तब तो फिर किसका इंतजार कर रही देखो मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचेगा जेड वो जो भी सोचे मुझे सही वक्त का इंतजार है बस गुड लक उससे छुपाने के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं वादा करो किसी को नहीं बताओ नहीं वादा करो वादा करो जेड में चैनजो को नहीं बताऊंगा की तुम उससे क्या छुपा रही हो और उसका भरोसा तोड़ रही थैंक यू क्या तुम आ रही हो प्रेगनेंट अब प्रिस्ट्रेस चुप करो बढ़िया स्कार्फ है स्कार हाँ, खूबसूरत है है ना ठीक है तो क्या हम सीधे मीटिंग के मुद्दे की बात करें टैलेंट तुम्हारे चेहरे पर जख्म है क्या हुआ कुछ खास नहीं फिक्र मत करो टैलेंट तुमने ज़ाबा को देखा नहीं कल रात मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो आई नहीं अजीब है वीका भाग गया मैंने उसे भी से बुलाया मुझे सुना करके चलता रहा वो शायद शिकार करने गए हैं जल्दी वापस आ जाएंगे तो क्या फिर आप मुद्दे की बात करें हाँ तो हमने फेलिस्टा के दावे की पूरी जाँच कर ली यही की उसके पिता के बड़े चाचा के चचेरे भाई रेनर के भतीजे कैल्टन द ग्रीन थे जो कि जी हाँ के परदादा थे हाँ परदादा और और उसका दावा दावा पूरी तरह सही नहीं नहीं है है मतलब फेलिस्ता का झूठा गलत तरीके से बताया है क्या तुम सीधे मुद्दे पर आओगे फेलिस्ता के के दादा किंग रेनर के भतीजे थे समझ गए ओ यानी उसने बताया उससे ज्यादा मजबूत दावा है उसका वो कानून शाही घराने से है फिर तो वो राज्य की असली वारिस बनती है तो अब बात करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा लेकिन क्या वो एक ईमानदार व्यक्ति है या बुद्धिमान या एक अच्छी लीडर? या वाला की भीड़ को रोकने वाली फिलस्टाइन थी जो कोई और नहीं कर सका तुम्हें लगता है लाल किन्ने ऐसी वो एक अच्छी लीडर बन सकती है मुझे नहीं पता शायद लाल किंज होने का अच्छी क्वीन होने ऐसी कोई लेना देना नहीं है राजघराने ऐसी रिश्ता होने से तो है देखिये हम ये बात तो मानते है की इस हालत में सिर्फ राजघराने ऐसी होना काफी नहीं है हाँ मगर क्या पता हो सकता है कि फेलिस्ता भी वाकई एक अच्छी क्वीन बन सकती है अरे मुझे नाटक मत सिखा चल हट। अरे तू हट।, ए, तो हट। ए, तो। जो भी समझो तुझे, तुझे क्या करना है क्या नहीं है कैप्टन वापस हम हम के इंचार्ज इंचार्ज नहीं है। जो चाहे कर सकते हैं। करो। इनी मारे रुको अब आप लोगों को सबक मिल गया होगा शायद कल चल तुम्हें देख सकते यहाँ आओ और अपनी जगह ले लो वक्त मिला यहां आने का टोबिंग तो के अंतिम संस्कार की बात करने आए हो नहीं बिल्कुल नहीं आ, आपको यह बताने आए हैं कि आपके दावे की जांच पूरी हो गई है और क्योंकि आज भी यहां सरकार ऐसे ही बनती है तो बधाई हो आप ताज के लिए कानूनी वारिस हैं अच्छा तो फिर क्या आप ताज का स्वीकार करेंगी मैं करूंगी और मैं शायद अच्छे से निभाऊंगी तुम्हें क्या लगता है और इसके लिए कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता हम नहीं कमांडर स्पीयर्स आज आपने जो किया वो काफी चिंताजनक था वो कैसे आज आपने अपनी शक्तियों से उन लोगों को तकलीफ दी है और अगर मैं आपको नहीं रोकता तो एक मामूली गुनाह के लिए उनकी आप जान ले लेती कमांडर उम्मीद है आप नहीं चाहेंगे कि मैं कमजोर क्वीन बनूं रोजमंड की तरह आप कहना क्या चाहती हैं? रोजमंड कठोर शासन करने के लिए काफी हिचकिचाया करती थी लेकिन देखा मैंने पल भर में कैसे गलियों में फसाद रोक दिया और अब मरते दम तक वो मेरी बात मानेंगे सिर्फ डर के मारे सम्मान की वजह से नहीं वो मुझसे प्यार करते हैं उतना कभी नहीं करेंगे जितना वो क्वेन को करते थे मैं रोजमंड को कि जब मैं जेल में थी ये जानते हो तुम मैं अपनी शक्तियाँ उसे देने को तैयार थी मगर वो लेने से बहुत डर रही थी आप ही सोचिए अगर वो हिम्मत दिखाती तो जिंदा होती। रोजमंड सच है की राज गद्दी पर बैठने का अधिकार मुझे देवताओं ने दिया है और हाँ उस हक को पाने की शक्ति मेरे पास है और उसका इस्तेमाल करने से मैं डरती नहीं गैर किसी भी हालत में को राजगति पर बैठने नहीं दे सकते हाँ कितनी खतरनाक है वो मुझे उसी वक्त पत्थर से उसका वाला भी ये साबित कर देगा की वो कानूनी वारिस है सिवाय तुम्हारे वैसे भी तुम्हे क्या लगता है टैलन हमारे पास दूसरा कोई बेहतर इंसान है जो उसकी जगह ले सके क्या यहाँ एक ही है जो राजगद्दी संभाल सकती है और जिसे लोगों ने पहले ही चुन लिया है और वो तुम हो राजगद्दी संभालो संभालू हम इस तरह चोरी छिपे मेरे सिर पर ताज थोपकर मुझे रानी नहीं बना सकते बेहुदा प्लान है बस यही प्लान बचा है देखो मैं क्वीन नहीं हूँ ग्वैन की जगह नहीं ले सकती अगर आज ग्विंद होती तो वो तुम्हे ही अपनी जगह लेने के लिए चुनती सही बात है तो फिर तुम क्यूँ नहीं संभालते ये अच्छा होगा तुम किंग बन जाओ क्योंकि सारे लोगों ने मुझे नहीं चुना है तुम्हें चुना है कभी कभी लोगों को भला किसमें समझ में नहीं आता तुम किंग <laughs> यही तुम्हारे लिए अच्छा है रैन रैन किससे बात कर रही हो क्या बात मैं किससे बात करूंगी अकेली तो हूं और अब तुम चुपके से आ गई सॉरी आओ वो क्या है मेरे पिताजी की अस्थिया अच्छा मैंने बचपन में देखा था कोई ब्लैक ब्लड मर जाता है तो अस्थियों के साथ कोई विधि की जाती है मुझे लगा तुम उसके लिए मेरी मदद करोगे हाँ क्यों नहीं एक पुरानी विधि जानती हूँ मगर इसलिए नहीं कि मैं प्रिस्टिस वगैरह हूं ऐसा कुछ मत सोचना वैसे इस बारे में जेड को पता है तुमने बताया तो नहीं नहीं, मैं बस पिताजी की अस्थियों का सम्मान करना चाहती हूँ सॉरी हाँ मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ हमें बहती हुई नदी पर जाना होगा कल सुबह चलते हैं शुक्रिया रैन ठीक ताला लगाना ही होगा लगाई था हमारी मुलाकात जरूर होगी मरने से पहले बस इतना ही कहोगी। तुम कुछ और सुनना चाहती हो छोड़ दो मुझे देखो आज मैं होश में हूँ हो, तुम मुझे हरा नहीं सकती इसलिए बता दो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम मेरी बहन की कातिल हो। मैंने कई लोगों को मारा लेकिन किसी का कत्ल नहीं किया सिर्फ 11 साल की थी वो फिर वो कत्ल नहीं तो क्या है इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास फीमेल ब्लैक ब्लड काले बाल एक बेहतरीन जोधा ये तो मेरे जैसी दिखती है तुम्हारी बहन का नाम क्या है इलियन। उसका नाम वो ड्रैगमैन अगर तुमने नहीं तो किसने मारा मेरी बहन को रेब नाम के ब्लैक ब्लड ने सच कह रही हो एलियन की तरह तुम भी झूठ पकड़ सकती हो उसके जितना तो नहीं तुम एक खुली किताब की तरह हो तो ये रेप कहास्त बन गई थी रेब ने उसे मार डाला तो मैं उसे कैसे छोड़ दी तुम्हें इस तरह लड़ना किसने सिखाया तुम्हारे कुछ पैतरे मैंने पहली बार देखे हैं मंगक्स ने कुछ पैतरे सिखाए थे मंगक्स ने आश्रम के मंग से जहां पर ड्रैगम की परवरिश होती है सिर्फ लड़ने में ही माहिर थी मैं फिर मैं भाग गई जब 10 साल की थी कम उम्र में ही अकेले रहना सीखे। ऐसे ही तुम सख्त बन जाते हो मैंने 8 साल की उम्र में घर छोड़ा था रेप को मारने के लिए तुम्हारी कर्जदार हूँ इस कर्ज को चुकाने के बाद ही मेरा बदला पूरा होगा नहीं नहीं कोई कर्ज नहीं है रैप को मारने की मेरी अपनी वजह थी कर्ज की बात ही नहीं है तुम पर जानलेवा हमला करने के लिए माफ कर दोगी वो हमला जानलेवा नहीं था हाँ वो था और इस चीज का कर्ज मैं चुका दूंगी बस एक बात का ख्याल रखो मुसीबतों से दूर रहना हमदर्दी के लिए शुक्रिया वो लकीरी न जाने कहां जा रहे हैं झाबा और विका भी कहीं चले गए हैं का भी कोई मिलन ऋतु होता होगा ना मुझे नहीं मालूम मगर कितना अजीब नजारा होगा वो ये नदी तुम्हारे पिता को उनके पूर्वजों से मिलवाने ले जाएगी तुम विश्वास विश्वास करती हो? नहीं, विश्वास नहीं है। पिता को खोने का गम समझ सकती हूं। तुमने भी तो अपनी माँ को खोया है उसकी करतूतों के बाद उसे याद करना मुश्किल है वैसे भी वो एक माँ जैसी कभी थी ही नहीं <laughs> वो भी कहा पिता की तरह रहे अकेले ही गुफा में रहते थे तुम्हें लगता है उन्हें गुफा में रहना अच्छा लगा होगा हमारी रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया वो नहीं होते तो हम मर जाते। हो सकता है। तुम्हारे पिता निस्वार्थी थे उनके अलावा अगर कोई निस्वार्थी थी तो वो थी गोविंद और तुम मैं हमें बचाने के लिए अपनी जान कितनी बार जोखिम में डाली है अनगिनत बार तुम्हारे पिता की तरह वैसे ही ग्वैन क्या कुछ देर अकेले रहना चाहती हो? नहीं वापस चलते हैं काश तुम तो मुझे सलाह दे पाते क्या मैं अच्छी क्वीन बनूंगी तुम्हें क्या लगता है टोबिन शव को पहाड़ी पर ले जाने का वक्त हो गया है हमें देर हो रही है नहीं अभी नहीं हमें बस और थोड़ा वक्त दो लेकिन मई लिडी विधि के लिए सूरज की यही सही स्थिति है। मेरा हुक्म मानने से इनकार करते हो मेरे वापस आने तक यहीं खड़े रहो मैं तैयार हूं क्या मैं क्वीन बनूंगी ताकि हम फेलिस्टा को ताज से दूर रख सके कुछ देर के लिए तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया रन की वजह से शव को ले जाने के लिए हमारे पास काफी लोग हैं क्या आप सब लॉर्ड टोबिन से वफादार हैं उन्हें बचाने के लिए क्या आप सब कुर्बानी दे सकते हैं बिल्कुल बेशक फिर मैं धन्यवाद कहती हूँ आपके वफादारी के लिए और आपके साहस के लिए देख रही हो या न्या? अब तुम्हारी बारी है तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है मैंने देवताओं को देखा और वो मुझे देख रहे हैं जैसे मैंने किंच का इस्तेमाल करते वक्त उन्हें देखा अब किस बात का इंतजार है हमें टोबिन को बचाना है एक शर्त पर। तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा दतरी को फिर से मिलवाना होगा मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी दतरी बनता है सारे सामान लोगों से। हमारी सेवा नहीं करनी होगी तुम्हें हम तुम्हारी सेवा करेंगे झंझु ये किताब एक टैलेंट की लोहर दोस्तों की है ब्लैक ब्लड पर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है लगता है तुम्हारे इतिहासकार हम इंसानों के लिए मायने नहीं रखते हैं सच कहूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला पुराने ग्रंथ है वो भी टुकड़ों में मेरी माँ की लिखी हुई किताब इससे अच्छी वो है वो किताब अब भी प्लेन ऑफ एशिज में है और इसी वजह से जैनजो पोर्टल के जरिए ब्लैक ब्लड को वापस लाने के लिए टैलेंट को तुम्हें माना होगा ब्लैक के साथ सच कहूँ तो टैलेंट सही कहती है पिछली बार वो जिस तरह हमारे साथ पेश आए थे मुझे कोई ब्लैक फिस्ट नहीं चाहिए वो अब अच्छे से पेश आएंगे उनके लिए रहना प्रिस्टेस देखो है। ये मुझ पर मर डालो मैं फिस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती तुम रह चुकी हो तुम अपने खुद क्यूँ पूछ लेते वो जैनो आरोप मुझसे ज्यादा भरोसा करती है तो है देखो वो मुझ पर भरोसा करती है क्यूँकी उससे काम निकलवाने के लिए मैं हेरा फेरी नहीं करता देखा जेड किसी का भरोसा जीतने का सही तरीका भरोसा विश्वास जीतने का तरीका तुम्हारे अंदर भी वो है क्या है मेरे अंदर ओ, या यूं कहे, रेन के अंदर कुछ है।, भूल चलता हूं। रेन के अंदर क्या है मैं सुबह से यही बात फैला रहा हूँ सारे लोग तुम्हारे दावे आरोप साथ देने के लिए तैयार है यहाँ तक की राजधानी वाले भी एक बार तुम ताज पहन लो उसके बाद फलिस्ता का कोई भी दावा उसे देशद्रोही बना देगा मुझे नहीं लगता ये सही है देखो मुझे मैं क्वीन की तरह लगती भी हूँ क्या खेर? तुम नई तरह की क्वीन हो तुम वो क्वीन हो जिसकी हमें जरूरत है चलो आओ, आओ। ऐसे कठिन समय में एक महान नायिका ने आखिरी लड़ाई के दौरान साबित कर दिया है और एक ऐसी नायिका जो हमें एक नए युग में ले जाएगी कमांडर्स और... पियर्स मेरी इतनी तारीफ करने के लिए नहीं नहीं नहीं तो बिन पर कैसे राज्य के सभी लोगों मैं यहां फलिस्ता को इस राज्य की क्वीन घोषित करता हूं और सबको उनसे वफादार रहने की गुजारिश करता हूं मैं अपने सलाहकारों का शुक्रिया अदा करूंगी मेरे पति जिन्हें देवताओं ने वापस जिंदा कर दिया आपका किंग बनने के लिए किंग टॉबिन बोलो क्वीन फलिस्ता की।